हे योगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरने मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा कहते हैं योगियों मरो क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं अहंकार को गलाओ जलाओ भस्मीभूत कर दो मरो हे योगी मरो क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे मरो मरण है मीठा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 बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती और बीज जब मिट जाता तो वृक्ष हो जाता फिर आता है वसंत फिलते है फूल और पक्षी गीत गाते और सूरज की किरण मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनगृहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार